क्या आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो सुबह उठते ही ये पांच काम ज़रूर करें नंबर वन सुबह उठते ही सबसे पहले आधा लीटर पानी पिए क्योंकि खाली पेट पानी पीने से मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन को दुरुस्त रखने में मदद मिलती है नंबर टू खाली पेट छः से दस बादाम और अखरोट ज़रूर खाएं इससे एंजाइम बनते हैं जो कि मेटाबोलिज़्म को बढ़ाने में सहायक होते हैं नंबर थ्री हमेशा थोड़ा भारी ब्रेकफास्ट करें इससे आपको दोपहर के खाने तक ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी आपका ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और भरपूर हो नंबर फोर बादाम और अखरोट ऊर्जा के भंडार हैं। यदि आप रोजाना बादाम और अखरोट नहीं खा पाते तो दिन में थोड़ी थोड़ी मूंगफली भी खा सकते हैं एंड नंबर फाइव सुबह उठकर चाहे दस मिनट के लिए ही सही मेडिटेशन जरूर करें इससे आपके विचार संतुलित हो जाएंगे और आपका दिमाग शांत हो जाएगा गाइस ऐसे ही अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक मिलता है अगली वीडियो में